sukoon mila kahe bina samajh lo tum shayad sukoon mila ल चल, चल वे तू बंदे उस गली है जहां कोई किसी को न जाने राहत को मैं बेचारा एक बारिया किसी को न जाने सब नार कर एक बारिश सा में पूरा वे मैं छत का इंतजार करी जजस नजदीतिया सुकून दुनिया से लेना और ये कहती है दिल तेरे दुनके एक तो यार मेरा मुझको क्या दुनिया कर करे जी हजूरी तुझको देख में तो खुद ही हो जाएंगे जुदास्त मगन मन मस्त मदन मन दर, बस तेरा मन मस्त लगन मन मस्त लगन मेरी आश की अब तुम ही हो हम ऐसी रात बेफिकर हुए कि अब जाना कहा लापता हुए सारे रास्ते भूखा मैं ये समाना है खुशें सरा है गाँव की तुझे देखने की हो पता दिखोगी गुँ से या है मेरा तू रस रसू मेरा है, सुना है। ये वो है ना जो सांझ का देखते थे ना बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना जो मिल के रात जागते थे ना सह मिल के नीचते हैं मानू जाए सुबह मैं चंदो में जावा गस जावा गा में तर जिद पावा गावा मैं का हाल सुना तुझको ही तुझ पार बना दख मिला सोचोनी जब तकरात है कोई साथ तुम मगर अंधेरो में चलू तू बंदे आ उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने तू मेरी से दारदा किसी से करना है मेरे मेरे यार मेरा मेरा दिना, मेरा दिना, मेरे यार नाल तेरे एक घर में सोचा बारीख ना चल दिख जावे अखा चुपी तड़ रात सरिया ज मन लाग ते आखना लागे जीना मेरा सुमा मिला स्वामी को मेरी याद आद पूरे तेरे नाम पर मेरी जिंदगी लिख दी मस नस्तन मनमस्त मन बस मस्त कैसे तो बताए कुछ को चाहे जारा बताना बातें दिलों की देखो जो बाकी आगे तुझे समझ तुझा दो मैं चढ़ मेरा Oh I think I love Oh I love you I love you so I think I love You binge pyara hai ye patola ban ke bannate bitte pal pattiyan bahe chuda ban ke banate hum pyara hai ye patola पाही चुडा के। मेरे सोन सोन मेरा कितने दिल च पिपल पनिया पाहीस तेरा का हूँ मेरा मुझे में कुछ नहीं सब सकते याद तो बार बार चंद yeah तू सुनती रहे में कहानियाँ किस तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहू तेरे एक इशारे पे तेरी और उड़ता रहूँ खाब सा तेरी